से नेतृत्व सकते हैं जो चाहिए है आपके परिजन आपका इंतजार पर कर रहे हैं सुबह पेट्रोल पंप वाला जो हरियाणा से आया है उसके साथ ही तोरण द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं सुबह अपने साथियों के पास चोरण द्वार पर, पर पहुंचे जय श्री श्याम पूजा पत्नी नरेश व शीशा नंदारा बहरो से आई है आपके पत्नी तुरंत द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं पूजा तुरंत द्वार पर पहुंचे जय शीशा बोले खातु नरेश की भारत तेजी से नरते रहे हमें